दुख सा जाने तो तु हंसे दूर गई लाके कैसे दुख सा हबे जान तु तो हंसे दूर लाके के हो दादा सजा पवनी प्यार कैला के आइ हो दादा सजा पवनी प्यार कैलाते रहित रही तारा रहो तो रहती प्यार तो बहू न्यारूर निज दूर जिंदगी में भय बयान पहले ज पता रह ना जाए तुहार संगे पल बीतना याद ना जाए तुहार सॉंगे पल बीतना के हो दादा सजा पवनी प्यार के ल हमसे विधासा दिलवाज कैला चकना चू दम के लाग में ज़रतानी चर तानी आई हो दादा सजा पवनी प्यार के आई हो दादा सजा पवनी प्यार जा पवनी प्यार कर